ये ब्रह्मास्त्र से बनी बेड़िया है वानर इनसे बचने करना संभव है तेल में भिगोया हुआ कपड़ा लाओ बांधो इसके तुम पे, और लगा दो